हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है फ्रेंड्स आप हमारा सपोर्ट करिए मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो में ज्यादा लाते रहेंगे थैंक यू इसमें हंसने वाली क्या बात है व्हाट्स दे आर टू लाव अबाउट एम्बेस इसमें रोने वाली क्या बात है व्हाट्स दे आर टू क्राई अबाउट एम्बेस मुझे अंग्रेजी बोलना नहीं आता आई डोंट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश मुझे उर्दू लिखना नहीं आता आई डोंट नो हाउ टू राइट उर्दू उसे यहां से भगाओ गेट हीम आउट ऑफ हियर मम्मी मुझे यह खिलौना दिलवा दो मम्मी गेट में दिस्ट आए अब मेरा क्या होगा नाउ वॉट अबाउट मी मेरा लिखने का मन नहीं करता आई डोंट फील लाइक राइटिंग स्कूल जाने का मन नहीं करता आई डोंट फील लाइक गोइंग टू स्कूल मुझे देखकर वह हंसने लगता है सींग मी ही बिगिन टू लाव पत्र पढ़कर वह रोने लगी रीडिंग अ लेटर सी बिगन टू क्राई पिताजी को देखकर भाई पढ़ने लगेगा सींग फादर ब्रदर विल बिगिन टू रीड तुम्हें देख कर जी रहे हैं सभी एवरी वन इज लिविंग सींग यू अगर तुम मिल जाओ हाथ पर तोड़ देंगे हम इफ यू मीट वी विल ब्रेक योर आर्म्स एंड लेगस सरदार मैंने आपका नमक खाया है अब लिखा Sardar I have eaten your salt now eat the bullet tik chow